हाय मैं हूं डॉक्टर विश्वरूप रुप चौधरी मैं आपका स्वागत करता हूं क्योरिंग डायबिटीज टाइप वन वीडियो में अगर आपके बच्चे को डायबिटीज हो गया है तो उसे कैसे क्योर करें उसके लिए फॉलो कीजिए थ्री स्टेप प्रोटोकॉल स्टेप वन रिमूव द कॉज जो कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज हुआ है बच्चे को उस कारण को बच्चे की जिंदगी घटाइए कौन कौन से कारण है जिससे बच्चों में अक्सर डायबिटीज होता है उसके लिए मैंने दो वीडियो बनाए हैं प्रीवेंटिंग डायबिटीज टाइप वन के नाम से उन दोनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दो चीज़ें हैं पहला डेयरी प्रोडक्ट दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाश इन्हीं चीजों से बच्चों में ज्यादा डायबिटीज टाइफन होता है और दूसरा ओवर मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन सो ये दोनों चीजें बच्चों की जिंदगी से हटा दीजिए एंड दैट इज स्टेप वन अब आता है स्टेप टू स्विच योर चाइल्ड ऑन डी डाइट बच्चे को डी आई पी डाइट को बच्चे की डाइट को पूरी चेंज कर दीजिए गिव द चाइल्ड डी डाइट अब डी डाइट क्या है कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए डॉक्टर विश्वरूप डॉ चौधरी यूट्यूब चैनल का नाम है उसमें आप वीडियो देखेंगे एडवांस ट्रेनिंग ऑन मेडिकल न्यूट्रिशन पार्ट वन और उसमें डिटेल में दिया है कि डीआईपी डाइट क्या है उसे आपको कैसे प्रिपेयर करना है लेकिन अगर उतना लंबा वीडियो आप नहीं देखना चाहते तो आप मेरे लिंक में जाइए विश्वरूप डॉट इस लिंक में मेरी किताब डायबिटीज फ्री वर्ल्ड का एक चैप्टर है तीन चार पेजों का चैप्टर है उस चैप्टर में क्लियरली डिज़ाइन है हाउ यू कैन Prepare your own डी diet. पी डाइट तो इन दोनों ऑप्शन में से या दोनों को ही एक बार देख लीजिए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि डी आई पी डाइट बच्चे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है तो so the टू इज पुट द चाइल्ड ऑन डी आई पी डाइट अब आता है स्टेप थ्री स्टेप थ्री सबसे इंपॉर्टेंट है और स्टेप थ्री इज अबाउट हाउ टू टेपर द इंसुलिन डोसेज इंसुलिन की मात्रा कैसे घटा है एक बात आपको समझना होगा कि जैसे ही आप बच्चे को डी आई पी डाइट में रखेंगे तो डी आई पी डाइट क्या करता है बच्चे की जो कैपेबिलिटी है इंसुलिन इसका मतलब जितना इंसुलिन बच्चे को अभी तक आप देते रहे हैं उतना इंसुलिन नहीं देना है क्योंकि अगर उतना इंसुलिन देंगे तो बच्चे को लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लेमिया हो सकता है जिससे कोमा और डेथ अक्सर बच्चों में हो जाता है इसीलिए ये एक वार्निंग है एक प्रिकॉशन है कि अगर आपने ये ठाना कि कल से बच्चे को डी आई पी रखेंगे तो कल का जो इंसुलिन डोज है वो सेम नहीं रहेगा जितना आज का या पहले का था उसको आपको कम करना होगा कितना कम करना होगा रूल ऑफ थम फिफ्टी परसेंट अगर आज तक आप बच्चे को बीस यूनिट फॉर एग्जाम्पल एक्ट्राफी और बीस यूनिट लेंटर्स देते रहे हैं तो कल अगर डी आई कल से शुरू करें तो कल का जो इंसूडेंट ऑसेज है वो एग्जैक्टली exactly 50 परसेंट कम होगा यानी कि 10 यूनिट एक्ट्रिपीट और 10 यूनिट लेंटर्स यानी कि जितना भी इंसुलिन देते देते रहे हैं, उसका ठीक 50 परसेंट so, सो ये रूल वैलिड है सिर्फ पहले दिन के लिए जिस दिन पहला दिन हो डीआईपी डाइट का उस दिन कितना इंसुलिन देना है उसके लिए ये रूल वैलिड है अब अगले दिन यानी कि परसों कितना इंसूलिन देना है बच्चे को वो डिपेंड करता है कि कल का एवरेज ब्लड शुगर क्या है एवरेज ब्लड शुगर को कैलकुलेट करने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर आपको लेना है बच्चे का और सोने से पहले वाला रात को सोने से जस्ट पहले वाला ब्लड शुगर लेना है दोनों को प्लस करना है डिवाइडेड बाय टू अब जो नंबर आएगा दैट इज़ कॉल्ड एवरेज ब्लड शुगर ये जो एवरेज ब्लड शुगर है कल वाला वो डिसाइड करेगा कि परसों का जो इंसुलिन की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देखिए अगर कल का एवरेज ब्लड शुगर 250 mg फिफ्टी एम पर डेसीटर से लेकर 250 mg एम जी पर डेसीटर के बीच में कहीं है तो इसका मतलब जितना इंसुलिन आपने कल दिया था वो बिल्कुल ठीक था उतना इंसुलिन परसों भी देना है लेकिन अगर एवरेज ब्लड शुगर कल वाला आता है बिकवीन 250 mg एम जी एंड थ्री हंड्रेड इसका मतलब कल जितनी इंसुलिन आपने दी थी वो थोड़ा कम पड़ गया उसे थोड़े ज़्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी और कितना ज़्यादा अबाउट टेन मोर यानी कि अगर दस यूनिट एक्ट्राफिर और दस यूनिट ट्रैक्टर दे रहे थे कल तो परसों यानी कि आने वाला दिन डे, डे द नेक्स्ट आपको इंसुलिन देना है वो 11 यूनिट ग्यारह और यूनिट एक एक यूनिट बढ़ा दिया यानी कि 10% इंक्रीज कर दिया लेकिन अगर कल का एवरेज ब्लड शुगर तीन से ऊपर है तो जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी है 20%. 10 और और 10 लेकिन अगर एवरेज ब्लड शुगर अगर डेढ़ से कम आता है इसका मतलब कल जितना इंसुलिन दिया था वो ज़्यादा हो गया था उसको थोड़ा कम करना है कितना कम करना है अबाउट टेन परसेंट यानी कि परसों नाइन यूनिट ही देना काफ़ी होगा नाइन नाइन यूनिट सो दिस इज द इंसुलिन प्रोटोकॉल दिस इज द स्टेप थ्री सो इफ यू फॉलो दिस स्टेप दीस थ्री स्टेप देर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ चांस दैट योर चाइल्ड कैन बंसुलिन फ्री योर चाइल्ड कैन बी डायबिटीज फ्री आपके बच्चे के डायबिटीज़ डायग्नोस होने के एक साल के अंदर अंदर अगर ये थ्री स्टेप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो 90 परसेंट चांसेज हैं कि बच्चा 15 दिन से लेकर इक्कीस दिन के अंदर अंदर पूरी तरह इंसुलिन फ्री हो जाएगा दिस डॉक्टर विश्व राय चौधरी ऑल द बेस्ट थैंक यू